है सनम तेरा बंदा मोर हम कैसे कहे कैसे जीते हैं कभी ज्यादा कभी तुम पीते हैं कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं है। दिल मेरा जीवन है सम